हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रीमियर प्रीव्यू आज हम आपके लिए डीसीयू की अपकमिंग मूवी द फ्लैश का प्रीव्यू लेकर आए हैं द द्लैश एक आने वाली सुपर हीरो फिल्म है जिसे एंडी म्यूसटी ने डायरेक्ट किया है और क्रिस्टीना होटसन ने लिखा है फिल्म डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर बैरी एलन यानी की द फ्लैश पर बेस्ड है और यह डीसीड यूनिवर्स में एक स्टैंड एलोन फिल्म की तरह काम करेगी द फ्लैश डी यूनिवर्स के सबसे आइकोनिक कैरेक्टर में से एक है और फैन इस मूवी का सालों से इंतजार कर रहे हैं फिल्म में एजरा मिलर एके बैरी एलन यानी की द फ्लैश के रोल में नजर आएंगे द फ्लैश ने पहले से ही दूसरी डी फिल्मों जैसे बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस और जस्टिस लीग में अपियर किया है लेकिन यह फ्लैश की पहली सोलो फिल्म होगी आइए थोड़ी सी फ्लैश की ओरिजिन के बारे में बात करें तो बैरी एक फोरेंसिक साइंटिस्ट होता है जिस पर एक दिन लाइटनिंग बोल्ट गिर जाती है जिसके कारण उसको सुपर ह्यूमन स्पीड मिलती है नोरा एलन यानी फ्लैश की माँ की मौत ऐसी बचाने की कोशिश कर रहे बैरी एलन के साथ शुरू होगी जैसे वो बचपन में हुई थी उसको लगता है की उसके फादर हेनरी एलन को गलत तरीके ऐसी मर्डर का कल्पित ठहरा दिया गया था और अभी भी उसके नाम को क्लीन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन सेंटर टी फ्लैश म्यूजियम में एक चोरी की इन्वेस्टिगेशन करते वक्त बैरिक कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानता है जो उसकी जिंदगी बदल दी उसको एक गोल्डन ड्रेस वाले एक शख्स से मुलाकात होती है जिसको वो पहले अपने दोस्त और फेलो सुपरहीरो गैरिक हीरो जे समझता है लेकिन यह शख्स रियलिटी में है जिसको रिवर्थ नाम से भी जाना जाता है थॉने एक आईम ट्रेवलिंग विलेन है जो फ्यूचर ऐसी आया है और फ्लैश के साथ कुछ पर्सनल दुश्मनी है थोने बताता है की उसने बैरी के जिंदगी के इवेंट को उसने ही मैनिपुलेट किया है जिसमे उसकी माँ का मर्डर भी शामिल है बैरी अपनी माँ को बचा और टाइम मैनिपुलेट करने से पहले ही रोकने के लिए पास्ट में जाने की पूछता है लेकिन जल्द ही उसको पता चलता है कि पास्ट में चीजों को बदलने से फ्यूचर पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और वो दूसरे सुपरहीरोज के साथ मिलकर मल्टीवर्स को होने से एक और सुपर हीरोपर गर्ल है जिसका रोल ने प्ले किया है सुपर गर्ल सुपरमैन की कजन है वो भी और उसको मल्टीवर्स की कम्प्लेक्सिटी समझाने में हेल्प करेगी और दूसरे सुपर हीरो जैसे की माइकल किटन का बैटमैन जो अल्टरनेट यूनिवर्स बैरी को हेल्प करेगा और इसके के अलावा हम बेनेफ्लेक् के बैटमैन को भी देख सकते हैं ओवरऑल अगर बात की जाए तो द फ्लैश काफी एक्साइटिंग मूवी होने वाली है और इसका रिलीज डेट सिक्सटीन जून 2023 है इस मूवी में कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के साथ टाइम ट्रेवलिंग और मल्टीवर्स जैसे कंसेप्ट को एक्सप्लोर किया जाएगा आशा करता हूँ की आपको इस वीडियो ऐसी कुछ हद तक आइडिया मिल गया होगा आने वाली इस मूवी के लिए ऐसे ही को देखने के लिए हमारे चैनल प्रीमियर प्रिव्यू को सब्सक्राइब करे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करे थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे